कभी कभी पेट्रोल या डीजल भरवाने के बाद हमें लगता है यार मीटर तो जितना आगे जाना चाहिए था उतना तो गया नहीं फिर आप सोते हैं जीरो तो मैंने चेक किया था चलो कोई नहीं देख लेंगे ठगने के इस नए तरीके से कैसे बचे वो बताएंगे प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए मानो आप पेट्रोल भरवाने गए और आप बोले भैया आठ सौ का पेट्रोल भर दो जीरो चेक करवाएगा और पेट्रोल भरना चालू कर देगा वही जहाँ पर पेट्रोल डेढ़ के आस पास तभी दूसरा आदमी आपको डिस्ट्रेक्ट करेगा भैया कार्ड ऐसी पेमेंट करोगे या कैश से कौन सा कार्ड है प्यू करवाना है क्या वगैरह वगैरह सवाल ऐसी आपको डिस्ट्रेक्ट करेगा उतने में जो दूसरा भाई साहब जो आपका पेट्रोल भर रहे थे वो बोलेंगे साहब जी हो गया फिर आप पूछोगे भैया मैंने तो 810 रुपए का पेट्रोल कहा था अच्छा अच्छा ओके ओके बाइलेंस पेट्रोल डाल देता हूं भरने वाला वही 150 से स्टार्ट करेगा और 660 पर आके रुक जाएगा ले देखे आपके गाड़ी में छह सौ का ही पेट्रोल गया और अगर आप गलती से पूछोगे जीरो किए थे क्या तो वो बोलेगा हाँ हाँ डेफिनेटली तो भैया आप आठ सौ देकर छह का पेट्रोल लेकर घर चले जाओगे और आपको इससे बचना है तो भैया नजर पेट्रोल के मीटर पर रखे एक बार में पेट्रोल भरवा रसीद भी लो आप पेट्रोल पंप में कितने शतक रहते है कमेंट बॉक्स में बताइए